नमस्कार दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो कांड में दोस्तों आपने डोमेन डोमेन डोमेन बहुत सुना होगा डोमेन ये करता है डोमेन से ऐसे पैसे कमाए डोमेन बाद में बेचोगे तो बहुत प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे होंगे या कई लोग जानते भी होंगे नहीं भी जानते होंगे कि डोमेन होता क्या है दोस्तों डोमिन एक प्रकार की दुकान का नाम होता है मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू करा उसका अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसको हम कहेंगे डोमेन मान लो आपने डोमेन ख़रीद भी लिया फिर उसके आगे भी प्रोसेस होती है दोस्तों अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन बिज़नेस में ज़मीन होता है होस्टिंग उसके बाद फिर होस्टिंग यानी सर्वर प्लेटफॉर्म जैसे मान लो गूगल हो गया गोडेडी हो गया या होस्टिंग हो गया यहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हो दोस्तों डोमेन अगर आपने पहले मान लो ओ एलेक्स नाम और एलेक्स नाम से अगर आपने डोमेन ख़रीदा होता और बाद में ओ कंपनी अगर आपसे डोमेन वो ख़रीदती तो आप उससे करोड़ों रुपए चार्ज कर सकते थे जैसे कि housing.com ऐसे ही अगर किसी ने housing.com का अगर ख़रीदा होगा डोमेन या खरीद ख़रीदा होता तो housing.com को करोड़ों रुपए का बेच सकता है दोस्तों जैसे टेक्निकल गुरु जी को गुरु जी को जिन्होंने टेक्निकल गुरु से नाम से डोमेन ख़रीद रखा है वो उनको करोड़ों रुपए में दे रहे हैं बट वो लेना नहीं चाहते इसी प्रकार दोस्तों आप भी डोमिन अगर एडवांस में ख़रीद लेते हैं इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आगे चल के डोमिन आपको करोड़ों रुपए प्रॉफिट दे सकता है आने वाले टाइम में दोस्तों देखते हैं डोमिन ख़रीदते कैसे हैं तो चलते हैं गूगल पे और सर्च करते हैं लेन डोमिन ये खुल रही है हमारी वेबसाइट और हम चलेंगे देखते हैं तो दोस्तों हमने सर्च किया था लोन डोमिन सर्च लीन डोमिन सर्च यह खुल गई हमारी वेबसाइट इस पे चल के हम सर्च करेंगे कि कौन कौन से नेम से डोमेन अवेलेबल है हम अपने होम स्क्रीन को करते हैं डेस्क टॉप साइड अब यहाँ से हम सर्च करेंगे मान लो आप का नाम सूरज है कुमार ने सर्च किया नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लीजिए दोस्तों ये कितने सारे डोमेन सूरज कुमार के नाम से अवेलेबल हैं जैसे माई सूरज कुमार सूरज कुमार ऑनलाइन सूरज कुमार ब्लॉग दोस्तों आप इनमें से अपनी पसंदीदा डोमेन ख़रीद सकते हैं और उसको अपना ऑनलाइन बिजनेस बना सकते हैं दोस्तों डोमेन लेने के लिए हो सकता है आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे लगभग में हज़ार रुपये उसके बाद देखते हैं अब हम होस्टिंग कैसे ख़रीदते हैं होस्टिंग खरीदने के लिए दो ऑप्शन हैं एक तो गो डेडी पे हम चलते हैं ये खुल गई उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों आपको यहाँ होस्टिंग काफ़ी महंगे दाम पे हो सकता है मिल जाए अगर आप लंबे समय के लिए होस्टिंग लेंगे तो ही आपको सस्ती मिलेगी दोस्तों आपका डोमेन और होस्टिंग मिला के बनती है आपकी वेबसाइट अगर मान लो और दोस्तों एक ख़ास बात आप जो भी होस्टिंग लेना उसमें ये एक चीज़ क्लियर कर लेना कि उसमें ये चीज़ होनी चाहिए फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट इससे दोस्तों होता क्या है कि हम एक ही होस्टिंग से कई सारी वेबसाइटिस खोल सकते हैं चला सकते हैं अब देखते हैं दोस्तों कि दूसरा जरिया क्या है हम सर्च करेंगे होस्टिंगर दोस्तों ये खुल गई हमारी होस्टिंगर की वेबसाइट चलते हैं इसके अंदर देखते हैं यहाँ क्या प्राइस चल रहा है दोस्तों यहाँ भी ऑफ़र चल रहा है इस ऑफ़र में अगर हम बाय करते हैं तो तीस दिन के अंदर अगर हमें पसंद नहीं आती है होस्टिंग या इनके प्लान्स दोस्तों अगर आपको इनके सर्विसेज पसंद नहीं आती हैं तो आप वापसी भी कर सकते हैं और मनी बैक गारंटी भी है देखते हैं इनकी क्या ऑफ़र चल रहा है ओहो दोस्तों यहाँ तो बहुत सस्ता है देखिए उनसे कितनी सारी सस्ती फैसिलिटीज़ और हम अनलिमिटेड वेबसाइट्स भी चला सकते हैं तो दोस्तों आपको मैनेजरिया बता दिया डोमेन क्या है वो बता दिया होस्टिंग क्या है वो बता दिया वेबसाइट कैसे बनती है वो बता दिया दोस्तों अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दोस्तों इन्वेस्ट लोग कई तरीक़ों से करते हैं शेयर मार्केट में गोल्ड में और क्रिप्टो करेंसीज़ में और डोमिन में भी तो हम देखते हैं शेयर मार्किट में अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों इंडिया में सबसे बेस्ट तरीक़ा है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने का अफ स्टोक्स दोस्तों आपको इस पर कोई भी सर्विस चार्ज आप यहां देख सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी फिफ्टी निफ्टी फाइन सर्विसेज इन्वेस्टमेंट की डिजिटल गोल्ड दोस्तों डिजिटल गोल्ड होता है नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट प्योर एक रुपये से स्टार्ट है आप इसको ख़रीद सकते हैं बेच सकते हैं दोस्तों इस ऐप की लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और मजे कीजिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए तो अच्छी जानकारी के साथ हम आपके साथ बने हुए हैं दोस्तों अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी डोमेन होस्टिंग वेबसाइट और शेयर मार्केट अप स्टॉक्स के बारे में समझाइए और उनसे भी इन्वेस्ट करवाइए क्योंकि बचाना हर इंसान का प्रथम कर्तव्य है दोस्तों इसी जानकारी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय आप खुश रहिए स्वस्थ रहिए बाय